पर आज अल्लू अर्जुन अपनी एक्टिंग एक्शन और स्टाइल से सबको दीवाना बना देते हैं दोस्तों पुष्पा पार्ट वन की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद पुष्पा के सेकंड पार्ट की शूटिंग चल रही है लेकिन केजीएफ चैप्टर टू के तूफान और मेगा ब्लॉकबस्टर होने के बाद पुष्पा टू के मेकर्स ने फिल्म के लेवल को और भी ज्यादा बड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों केजीएफ जी टू के एक्शन सीन और बड़े लेवल को देख पुष्पा टू की स्टोरी और एक्शन सीन आरोप काम किया जा रहा है ताकि पुष्पा राज रॉकी को बराबर की टक्कर दे सके वही इस मूवी की बाकी की कास्ट वैसी ही रहेगी अगर ऐसा होता है तो पुष्पा मूवी का सेकंड पार्ट बहुत ही बड़े लेवल का बन सकता है और ये मूवी बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती है और पुष्पा का सेकंड पार्ट बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर सकता है तो आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें